शांताकारुजगशयन पद्मनाभम सुशम विस्वाधारम गगन सदृश मेघवर्ण शुभांगम लक्ष्मीका कमलनयन योगिभर्ध्यान गम्य वंदे विष्णुवयहर सर्वलोकनाथम शांतकारम करम अर्थात जिनकी आकृति अतिशय शांत है वह जो धीर क्षीर गंभीर है भुजक शयनम का अर्थ दर्शकों होता है जो शेष शेषनाग की सैया पर शयन किए हुए हैं या विराजमान हैं पद्मनाभम जिनकी नाभि में कमल है जहाँ से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी सुरेशम जो देवताओं के भी ईश्वर हैं विश्वाधारम जो सम्पूर्ण चर चराचर जगत के आधार हैं संपूर्ण विश्व जिनकी कृति है जिनकी रचना है गगन सदृशम जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त हैं मेघवर्णम नील मेघ के समान जिनका वर्ण है या जिनका वर्ण नीला है शुभांगम अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं जो अति मनभावन एवं सुंदर हैं लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योग भीर वंदे विष्णु भय हरम सर्व लोक एक नाथनम तो कांतम मतलब होता है कि ऐसे लक्ष्मीपति कमल नयनम कमल नेत्र जिनके नयन कमल के समान सुंदर है योग भीर ध्यान इसको यदि आप तोड़ेंगे तो तो जो योगी योगियो, जो योगियों द्वारा ऋषि मुनियों के द्वारा तपस्या को तपस्या के द्वारा ध्यान करके तपस्या करके प्राप्त किए जाते हैं और जिनकी तपस्या से जिनकी तपस्या में योगी हर समय लीन रहते हैं वंदे विष्णु तो ऐसे भगवान विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ ऐसे परब्रह्म श्री विष्णु को मेरा नमन है भव भय हरम भव भय हरम मतलब होता है जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं जो सभी भय को नाश करने वाले हैं, सर्व सर्वलो का एक नाथम जो संपूर्ण लोगों के चराचर जगत के स्वामी हैं और ऐसे भगवान विष्णु को मेरा प्रणाम है तो वार के अधिपति अधिष्ठात्री देव भगवान विष्णु को नमस्कार करते हुए मैं ज्योतिर्विद आशीष पांडे लखनऊ से आप सभी के समक्ष दिनांक 26 सितंबर का दैनिक राशिफल प्रस्तुत करने जा रहा हूँ प्रस्तुत राशिफल हमारा चंद्रमा के गोचर के आधार पर आधारित है देशे ग्रामे ग्रह युद्ध सेवायाम व्यवहार के नाम राशि प्रधानत्व जन्म राशि न चिंतित विवाहे सर्व यात्रायाम ग्रह गोचरे जन्म राशि प्रधानत्व नाम राशि न चिंतित तो ये जो हमारा राशिफल है दर्शकों ये आपके चंद्रमा के गोचर के आधार पर आधारित है तो दर्शकों आज का पंचांग बेसिकली कहता क्या है पंचांग पांच अंगों से मिल करके बना होता ये है ये पांच अंग हैं तिथि वार नक्षत्र योग करण तो विक्रम संबत् दो हजार छिहत्तर सख कृष्ण पक्ष की दर्शकों द्वादशी तिथि रहेगी और द्वादशी तिथि के बारे में हमने आपको बताया था कि मसूर का सेवन नहीं करना चाहिए द्वादशी तिथि दर्शकों जो रहेगी ये ग्यारह तक की सुबह रहेगी इसके उपरांत त्रयोदशी तिथि लगेगी त्रयोदशी तिथि को दर्शकों बैगन का सेवन नहीं करना चाहिए सूर्योदय होगा प्रातः छः होगा शाम को मिनट पर नक्षत्र नक्षत्र रहेगा रहेगा इसके उपरांत और अंतिम जो रहे ये रहेगा पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र करण रहेगा तैतिल इसके उपरांत गर, इसके उपरांत वरिष्ठ करण रहेगा योग रहेगा सिद्धि इसके उपरांत साध इसके उपरांत शुभ जो है शुभ योग रहेगा राहु काल की बात कर लेते हैं राहु काल एक ऐसा काल होता है एक ऐसा समय होता है एक ऐसी बेला होती है कि शुभ कार्यों का प्रयोग जो है करना वर्जित है तो गुरुवार का राहु काल जो रहेगा एक बजकर सत्ताईस मिनट से दो बजकर छप्पन मिनट का जो है राहु काल रहेगा और शुभ कार्यों को यदि करना हो तो कोशिश कीजिएगा कि आज अभिजीत मुहूर्त में करिएगा प्रातः ग्यारह कर मिनट से बारह मिनट तक का जो समय रहेगा ये अभिजीत मुहूर्त का रहेगा दर्शकों गुरुवार दिन तो दक्षिण दिशा की ओर दिशा सूल होता है दक्षिण दिशा की ओर आपको यात्रा नहीं करनी है या दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करनी पड़ तो दही का सेवन कर सकते हैं केसर का सेवन करके यात्रा कर सकते हैं और पहले आप फर्स्ट उत्तर दिशा में चार कदम चलिए चार पग चलिए उसके बाद आपको दक्षिण दिशा में गोचर करना है मेज से लेकर के मीन राशि के लिए आज के जो है सितारे क्या कहते हैं तो इस पर चलते हैं और दर्शकों आगे बढ़े उससे पहले बताना चाहेंगे कि आप लोग यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए वार्षिक राशिफल 2020 हमारे चैनल पर पड़ चुका है और वार्षिक राशिफल के साथ साथ मंथली राशिफल भी अक्टूबर माह का पड़ चुका है तो मेष राशि के जातकों आज शिक्षा के क्षेत्र में आपको उन्नति मिलेगी किसी दूसरे का देख उत्साह देखकर आज बहुत ज्यादा आप उत्साहित होंगे आज स्टूडेंट यदि कोई नए कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आज का दिन उनके लिए शुभ रहेगा भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि आज आप पर बरसेगी आज आपको कारोबार में धन लाभ होगा साहित्य से जुड़े लोगों को आज उनकी काबिलियत के लिए सम्मानित किया जाएगा सोसाइटी में आज आपका मान सम्मान बढ़ेगा दूसरों की जरूरतों को पूरा करने की आज आप कोशिश करेंगे आज आपके उच्चाधिकारी आपसे परफॉर्मेंस से खुश होकर के कोई अच्छा सा इनाम आपको देंगे कोशिश कीजिएगा भगवान भास्कर को जलाभिषेक करिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करके घर से बाहर निकलिए पीला रंग शुभ रहेगा एक अंक आपके लिए शुभ अंक रहेगा शुभ दिशा आपके लिए रहेगी पूर्व दिशा देखो यदि आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना है करवा सकते हैं वार्षिक राशिफल 2020 हमने इस चैनल में डाल दिया है आप लोग उसको देखना बिल्कुल भी मत भूलिए अक्टूबर माह का भी राशिफल हमने सभी राशियों का लगभग डाल दिया है तो आप लोग हमारे चैनल की प्ले के प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं दीजिए इजाजत मिलते हैं नए वीडियो में तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय